हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में कोई भी सोशल मीडिया की लिंक कैसे ऐड करें जैसे कि इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो अपने ट्विटर हो इससे क्या होगा आपके यूटूब सब्सक्राइबर आपके अदर सोशल मीडिया पर भी आपको फॉलो करेंगे तो आप इस तरह से अपने अबाउट सेक्शन में कोई भी सोशल मीडिया के लिंक डाल सकते हैं तो आइए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने को क्रोम ब्राउज़र को डेस्क में ओपन करना है इस तरह आप डेस्कटॉप में ओपन कर लीजिए क्रोम ब्राउज़र को उसके बाद यहाँ पर youtube.com सर्च करना है थोड़ा लोड लेगा यहाँ पर उसके बाद अपने चैनल के लोगो पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर YouTube स्टूडियो पर क्लिक करना है थोड़ा लोड लेगा यहाँ पर तो अपना YouTube स्टूडियो ओपन हो चुका है उसके बाद अपने को चैनल कस्टमाइजेशन पर क्लिक करना है यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे एक लेआउट दूसरा ब्रांडिंग और तीसरा है बेसिक तो अपने को बेसिक पर क्लिक करना है यहाँ पर नीचे आपको ऐड लिंक करके एक ऑप्शन आ जाएगा इस पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर लिंक टाइटल लिखना है जो भी हम लिंक ऐड करना चाहते हैं उसका टाइटल यहाँ पर डालना है जैसे कि मैं इंस्टाग्राम की लिंक ऐड करना चाहता हूँ तो उसके बाद यहाँ पर यू आर एल पर क्लिक करना है यहाँ पर अपने को इंस्टाग्राम की लिंक ऐड करना है तो आप इस तरह से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल सकते हैं उसके बाद उसके बाद मैं YouTube की लिंक डालना चाहता हूं तो यहां पर YouTube का टाइटल लिखना है उसके बाद यहां पर YouTube का उसके बाद यहां पर YouTube की लिंक डालना है तो आप इस तरह से अपने सोशल मीडिया की लिंक यहां पर ऐड कर सकते हैं आप इस तरह पांच लिंक यहां पर ऐड कर सक उसके बाद यहां पर पब्लिश कर देना है तो आप इस तरह से कोई भी सोशल मीडिया की लिंक डाल सकते हैं तो देखिए है, हमारी लिंक यहाँ पर ऐड हो चुकी है तो आप इस तरह से कोई भी सोशल मीडिया की लिंक ऐड कर सकते हैं अपने YouTube के अबाउट सेक्शन में वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद